हेलो दोस्तों कैसे हो आप सभी उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और नॉलेज देने वाला है आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपने लैपटॉप में या डेस्कटॉप के अंदर किसी भी शॉर्ट की से अपने लैपटॉप की जो ऐपें होती है यानी जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए होते हैं उनको हम लोग ओपन करने वाले हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को जैसे आप एक्सेल के अंदर काम कर रहे हो या फोटोशॉप में काम कर रहे हो तो आप शॉर्ट की से फटाफट फटाफट वो आप काम कर लेते हो लेकिन आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि किसी भी सॉफ्टवेयर को आप शॉर्टकी से वो ओपन कर सकते हो जिससे आपका टाइम वो काफ़ी बच सकता है तो कैसे आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हलो दोस्तों मैं सत्यपाल शर्मा टेक्निकल दोस्त इंडिया के चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। हाँ दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है आपको नॉलेज मिल रहा है तो एक लाइक जरूर करें तो आप बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं कैसे करना है तो दोस्तों कैसे करने वाले हैं अब आपको मैं दिखा देता हूँ आप स्क्रीन पर देखिए जैसे सपोज कि मुझे वी प्लेयर है इसको शॉर्टकट के अंदर करना है तो सिंपली आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ प्रॉपर्टीज पे वो इंटर करना है ध्यान रहे यहाँ प्रॉपर्टीज़ पे वो क्लिक करना है जैसे आप प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा विंडो अप ऑन होगा इसके अंदर आपको सिंपली शॉर्टकट के अंदर आना है और यहाँ पे आपको शॉर्ट की नाम का दिखे, एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे नन है यहाँ पे आपको क्या करना है सिंपली कंट्रोल प्लस एल्ट प्रेश करना है आपको कैमरे के अंदर दिखा रहा हूँ कंट्रोल प्लस एल्ट दबा दिया अब आप इनमें से कोई सा भी एक वर्ड की है वो दे सकते हो ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी जो आप देना चाहो जैसे मैंने ए दे दिया ठीक है तो कंट्रोल प्लस अल्ट और ए जैसे ही मैं प्रेस करूंगा तो VLC एल प्लेयर है वो ओपन हो जाएगा तो देखिए मैंने ओके कर दिया और यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है कंटिन्यू करना है ठीक है अब देखिए आप की बोर्ड पर और लैपटॉप के दोनों को आपको मैं कवरअप करके कैमरे के अंदर दिखा रहा हूँ देखिए मैंने कंट्रोल दबाया एल्ट दबाया पर यहाँ पे ए प्रेस करूँगा तो सामने आप स्क्रीन पर देखोगे VLC प्लेयर है वो ओपन हो जाएगा तो देखिए मैं दोनों साइड ओपन कर रहा हूँ अब ए दबा रहा हूँ मैं जैसे मैंने ए दबाया तो आप देख रहे हो कि अपने लैपटॉप के अंदर VLC प्लेयर है वो ओपन हो जाएगा तो ये आप देख रहे हो VLC प्लेयर है वो ओपन हो चुका है तो इस तरीके से आप कोई भी शॉर्ट की से सॉफ्टवेयर है उसको एज ए शॉर्ट की कैनर सेट कर सकते हो कोई जरूरी नहीं कि आप वी प्लेयर करो एक्सल सब सारे जो सॉफ्टवेयर है वो सबको आप एक एक करके वो शॉटकी के अंदर वो सेट कर सकते हो तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी सॉफ्टवेयर को है वो शॉर्टकी के अंदर सेट कर सकते हो आई होप मैंने एक छोटी सी जानकारी देने की कोशिश की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है आपको नॉलेज मिल रहा है तो दोस्तों एक लाइक like जरूर करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि इस चैनल पर मिलने वाले आपको ऐसे टेक्निकल से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ तो आज के लिए इतना ही आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाय बाय धन्यवाद जय हिंद दोस्त